नमस्कार स्वागत अभिनंदन कर्क राशि के जातकों साल का दूसरा माह फरवरी आप लोगों के लिए कैसा जाएगा ये 2020 आपके लिए क्या कुछ नए संकेत लेकर के आए हैं इस माह को आप कैसे प्रभावी बना सकते हैं इस माह में दिव्यतम से दिव्यतम उपाय कौन से हैं तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ दर्शकों इस माह को शुभ बनाने के लिए जो भी अच्छे से उपाय हैं रेमिडीज़ हैं चाहे वो वास्तु से संबंधित हो चाहे वो मंत्र से संबंधित हो चाहे वो दान से संबंधित हो तो इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे कि 22 और 23 फरवरी को दिल्ली आगमन हो रहा है जो भी दर्शक दिल्ली है इसके आसपास के क्षेत्र से हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकें दर्शकों कर? आगे बढ़ें उससे पहले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 अब बढ़ते हम राशिफल पर लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे राशिफल हम बहुत संक्षेप में बना रहे हैं अगर विस्तृत राशिफल देखना है तो हमारा आप वार्षिक राशिफल 2020 कर्क राशि के जातकों के लिए हमने बनाया प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार भी हमने राशिफल बना दिया है साथ ही साथ कैरियर राशिफल प्रेम राशिफल और आर्थिक राशिफल भी कर्क राशि के जातकों के लिए बना के और उसमें दिव्यतम से दिव्यतम जो भी उपाय हो सकते थे वो भी हमने बना दिए हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं किसी भी प्रकार के यदि जेमस्टोन रत्न रुद्राक्ष की आपको आवश्यकता है तो आप हमारे संस्थान से क्रय कर सकते हैं कुरियर के माध्यम से आपको वो सामग्री पहुंचा दी जाएगी और बिल्कुल ओरिजिनल होगी इस चीज़ की तो गारंटी हम लेते हैं यहाँ पर बैठ करके तो कर्क राशि के जातकों फरवरी का ये जो माह रहेगा आपके करियर के लिए काफ़ी खास रहने वाला है मकर राशि में शनि की स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी मजबूती दिलाएगी विद्यार्थियों की बात की जाए तो ये माह कई मायनों में अनुकूल रहने की संभावना है पारिवारिक जीवन में सुख शांति बने रहने के योग हैं वहीं अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो महीने का जो पहला सप्ताह रहेगा थोड़ा सा कमजोर रहेगा लेकिन उसके बाद पूरा महीना खुशियों के जो है अच्छे से पल लेकर के आएगा दांपत्य जीवन में फरवरी का पूर्वार्थ चुनौतीपूर्ण रहने वाला लेकिन आपके लिए उत्तरार्थ जो रहेगा ये अच्छा रहेगा फरवरी माह में आपकी आर्थिक स्थिति पर यदि नज़र डालें तो महीने का पहला सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके काफ़ी अनुकूल रहेगा लेकिन इसके बाद दूसरा और तीसरा सप्ताह कुछ हद तक की नाजुक रह सकता है उपाय हम आपको लास्ट में बताएंगे। महीने की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति के चलते आपको पेट दर्द की समस्या में दर्द, बुखार और नेत्र के जातक जुटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वहीं आप लोगों का धनागमन बड़ा उत्तम होगा बहुमूल्य धातुओं का लाभ प्राप्त होने के योग है अः कोई पैतृक संपत्ति कोई नया वाहन आप लोग क्रय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है विरोधियों पर इस बार अब आपका प्रभाव ज्यादा रहेगा आपके विरोधी शांत रहेंगे साथ ही साथ कोई फैसला आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है मान प्रतिष्ठा तथा पद और प्रभाव में वृद्धि होगी कोई प्रमोशन इत्यादि भी आपको मिल सकता है कोई पुराने रोगों से आपको छुटकारा मिल सकता है आपका ट्रांसफर आपके मनपसंद जगह पर हो सकता है तथा जो भी लंबी दूरी की यात्राएँ थी ये स्थगित होती हुई दिखाई पड़ रही है वहीं गोचर जो है गोचर में जब शुक्र का गोचर होगा तो इसका जो अरिष्टकारी प्रभाव रहेगा तो प्रशासकीय कार्य रहेंगे इसमें थोड़े से आपको संकट में डाल सकते हैं आपको राजकीय दंड का भी जो है आ, राजकीय दंड आपको प्राप्त हो सकता है साथ ही साथ आपके ऊपर कोई झूठे अनर्गल आरोप लग सकते हैं इसके साथ उच्च अधिकारियों के कोप का भंजन का शिकार भी आपको हो सकता है कफ से रिलेटेड खांसी इत्यादि से रिलेटेड इस माह आपको थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी इस माह अपने वस्तुओं को संभाल करके कर्क राशि के जातक रखिएगा अन्यथा बहुमूल्य वस्तुओं की हानि होती हुई या खोने का इनका भय बना रहेगा इस माह व्यय अधिक रहेगा खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा मतलब आमदनी होगी लेकिन उसके अनुपात में आपका खर्च भी बहुत ज्यादा रहेगा साथ ही साथ ही एक एक बात बताइए इस हमारी पर्सनल आप लोगों को सलाह है है कि इस कोई यदि धन मांगता है, तो ना बोलना सीखिए आप लोग खुश रहेंगे यदि धन नहीं देंगे तो आपका धन फंस जाएगा तो ओवरऑल स्थिति जो थी कर्क राशि के जातकों की हमने बहुत संक्षेप में आप लोगों को बताया है कि क्या रहेगी अब बढ़ते हैं इस माह के लिए जो सर्वथा अनुकूल दिवस है प्रतिकूल दिवस है इस पर बात करते हैं तो जो सबसे शुभ दिवस आपके लिए रहेंगे तो एक तारीख रहेगा चार तारीख रहेगा दस तारीख ग्यारह तारीख सत्रह तारीख अट्ठारह तारीख और अट्ठाईस और उनतीस तारीख आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा आप लोग इसमें कार्यों को कर सकते हैं प्रतिकूल दिवस नोट कर लीजिए कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तीन तारीख पाँच तारीख सात तारीख नौ तारीख तेरह तारीख पंद्रह तारीख बीस तारीख तेईस तारीख और पच्चीस तारीख आपके लिए बहुत प्रतिकूल रहेगा सोच समझकर कोई कार्य करिएगा आपके लिए जो लकी कलर रहेगा ये वाइट कलर और सिल्वर कलर सर्वथा लकी रहेगा भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक दो और अंक चार आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली अंक रहेंगे वहीं अरिष्ट निवारण के लिए अब आपको करना क्या रहेगा तो सबसे पहले तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आप लोग प्रतिदिन स्टार्ट कर दीजिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दूसरा कोशिश कीजिएगा कि हल्दी का तिलक आपको लगाना रहेगा और कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले आपको गुड़ का सेवन करके निकलना रहेगा लक्ष्मी सूक्त का पाठ नियमित रूप से आप लोग करिएगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अमावस्या वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाइए काला नमक डाल करके मंगलवार वाले दिन आप लोगों को चांदी की जो वर्क आती है मिठाई पर लगती है इसको प्लस देसी घी को और बूंदी के लड्डू को जो है आपको हनुमान जी के मंदिर में दान करना रहेगा शनिवार वाले दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके आप लोगों को हनुमान अष्टक का तीन बार पाठ करना रहेगा यदि ये उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चित ही जो भी बुरे अनुभव आएंगे इस माह वो दूर होंगे हनुमान जी की कृपा से आप सभी लोगों को जो है यथेष्ट फलों की प्राप्ति होगी क्योंकि तो दर्शकों देखिए जहाँ उपाय हैं वहीं पर परमात्मा है ये अब आपको विश्वास करना है एक बात और बताना चाहेंगे कर्क राशि जो होती है करोड़ों लोगों की होती है जरूरी नहीं ये राशिफल आप पर सटीक बैठे जब आपका जन्म हुआ होगा जिस दिन हुआ होगा जिस वर्ष में हुआ होगा जिस माह में हुआ होगा जिस समय हुआ होगा जिस स्थान पर हुआ होगा उसके आधार पर एक जन्म कुंडली बनती है और फिर ग्रहों की स्थिति नक्षत्रों की स्थिति वहाँ पर बैठाई जाती है अब वो स्थिति क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं फिर भी यदि आपको जानना हो और आपको और अच्छे उपाय प्राप्त करने हैं अपने पर्सनली रिपोर्ट के आधार पर तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं दिल्ली आगमन भी हो रहा है यदि आप लोग दिल्ली से हैं तो आप लोगों से कहना चाहेंगे कि पर्सनली मिलकर के करवाइए ज़्यादा बेटर रहेगा लेकिन यदि फ़ोन के माध्यम से करवाना चाहते हैं आप लोगों का स्वागत रहेगा हमारे चैनल पर कुछ बहुत छोटी सी फीस है उसको आप लोग पे करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं ये उपाय करिएगा साथ ही साथ किसी भी प्रकार के जेम या रुद्राक्ष आपको लेना है और इस चीज़ की गारंटी हम देते हैं कि बिल्कुल वो ओरिजिनल होगा उसमें कोई जो है मतलब चीटिंग नहीं होगी क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है नकली जेम भी चले आ रहे हैं तो यदि आप लोगों को अच्छे जेम प्राप्त करने हैं तो आप लोग हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं कोरियर के माध्यम से आप लोगों को अवेलेबल उपलब्ध करा दिया जाएगा कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और कमेंट में एक बार जय श्री राम का उद्घोष आप लोग जरूर कीजिए क्योंकि इसमें हनुमान जी ही आपको संकट से पार लगाएंगे दीजिए इजाज़त जाते जाते नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में, में बना आइकन दबाइए तब तक के लिए नमस्कार जय श्री राम jisare sasini mah paridanisha